जाने कैसी दहशत है न जाने कैसा यह डर है है उदास तारीखें और चुप कैलेंडर है मैंने खुद से जब पूछा क्यों उदास मंजर है दिल ने चीख कर बोला आज छः दिसंबर है